तो पेस्ट एज ए लिंक जो कि अभी आपको मैंने बताया ये पेस्ट एज ए लिंक क्या सिर्फ एक्सेल पे ही होता है नहीं ये अलग एप्लीकेशन में भी हो सकता है जैसे कि एम वर्ड हो गया जैसे पावर पॉइंट हो गया आउटलुक हो गया उन पे तो हमने क्या किया यहाँ कॉपी किया एम वर्ड में गए और एम वर्ड में जब हम पेश करते हैं तो पेस्ट के नीचे यहाँ देखिए एलो निशान है जिसमें आपको यहाँ पेस्ट स्पेशल दिखेगा पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें और यहाँ पेस्ट एज ए लिंक दिखेगा और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सल दिखेगा बस मुझे इसको सिलेक्ट करना है एंड जस्ट ओके लिंक हो गया अब मैं एक्सल में कोई भी चेंज करूँ जैसे मान लीजिए मैं मोहन को कलर कर देता हूँ कलर एवरीथिंग चेंज होगा कलर से ले डेटा वेटा सब जो भी होगा सब लिंक हो जाएगा हो गया उसके बाद इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने अगेन कॉपी किया और चला गया पावर पॉइंट में तो क्या पावर पॉइंट को भी लिंक किया जा सकता है सेम जैसे हमने वर्ड को किया और यहाँ हम करेंगे पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल में सेम पेस्ट एज लिंक और यहाँ एक्सेल बाई डिफोल्ट एक्सल ही होता है सिलेक्ट किया यहाँ भी हम अपने हिसाब से रीसाइज वगैरह कर सकते हैं मूव कर सकते हैं और ये हमारे एक्सल से लिंक हो गया जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरे कलर को जो है चेंज कर देता हूँ येल्लो से और 900 को मैं 19 कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया और 19 हो गया अब बात आती है आउटलुक की तो आउटलुक में क्या चेंज होगा देखिए तो आउटलुक में हम मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेल्स में कि जब न्यू मेल आप क्रिएट करते हैं तो वहां पे आप इसको पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी कॉपी नहीं किया है अब मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ अब आपके डाटा ले जाता हूँ कॉपी करता हूँ और, और इसको मैं न्यू मेल पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए लिंक, एन ओ राइट तो आप वर्ड पावर और एक्सएल तीनों में लिंक कर सकते हैं समझ गए सर इसमें एक इस...